आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की दो महीने पहले ही शादी हुई थी लेकिन पूरी तरह से शादी की चर्चा भी खत्म नहीं हुई कि अब आलिया प्रेग्नेंट हो गई है आलिया भट्ट खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये गुड न्यूज सबको दी हालांकि ये पहली ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जो शादी के कुछ दिनों बाद ही प्रेगनेंट हुई हो हु। वहीं लोग हार्दिक पांड्या को भी बीच में एड कर रहे हैं कह रहे हैं की एक शादी के दो महीने बाद बच्चा पैदा करता है तो एक शादी के दो महीने पहले ही बच्चा पैदा कर लेता है वही लोग तरह तरह के कमेंट भी पास कर रहे हैं कोई कह रहा है इतनी जल्दी तो मैगी नहीं बनती जितनी जल्दी इन्होंने बच्चा पैदा कर दिया तो कोई कह रहा है इसने तो अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स वाली नहीं किसी नहीं पहनी और किसी ने कहा हमको तो लग ही रहा था यह आदमी ज्यादा दिन तक साथ बैठ ही नहीं सकता और कोई पोलका डॉट्स ड्रेस की कंफर्मेटरी टेस्ट मांग रहा है अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं की पोलका डॉट्स का क्या चक्कर है तो बता दूं कि ये प्रेग्नेंट होने से पहले कुछ एक्ट्रेस पहनती थी जो की लोगो ने अब प्रेगनेंसी ड्रेस बना दिया है